अगर आपके पास कुछ खास तरह के एक रूपये और 50 पैसे के सिक्के जमा कर रखे हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है दरअसल देश के दूसरे सबसे बड़े निजी बैंक ने दिल्ली के एक ब्रांच के बाहर नोटिस सिक्का दिया है कि अगर आपके पास कुछ खास तरह के एक रूपये और 50 पैसे के सिक्के हैं, तो बैंक में जमा करने के बाद रीइ्यू नहीं होगा ये आई बैंक की एक शाखा की ओर ऐसी लगाई गयी नोटिस के अनुसार कुछ सिक्को को फिर ऐसी जारी करने की अनुमति नहीं है इसका मतलब ये है की एक बार बैंक में जमा हो जाने के बाद उन्हें बैंक द्वारा दोबारा जारी नहीं किया जाएगा ये सिक्के आर बी ले जाएगी